अंटार्कटिका दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है बर्फ़ की चादर में लपटा यह महाद्वीप बाकी महाद्वीपों की तरह ना तो हरा भरा है ना ही यहाँ इंसानों के लिए रहना उस तरह से संभव है तो फिर हमारे लिए इस महाद्वीप की क्या और अहमियत है बहुत अहमियत है चलिए जानते हैं अंटार्टिका आकार में आस्ट्रेलिया के लगभग दो गुना है एक असल में एक बर्फीला रेगिस्तान है इस महाद्वीप का अट्ठानवे फीसदी हिस्सा एक दशमलव नौ किलोमीटर यानी बासठ फीट मोटी बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है पृथ्वी पर जितने बर्फ़ हैं उसका नब्बे फ़ीसदी हिस्सा सिर्फ़ दो स्थानों पर मिलता है पहला ग्रीनलैंड दूसरा अंटार्कटिका में सातों महाद्वीपों में से आकार में सबसे बड़ा और सबसे ठंडा सबसे सूखा सबसे तेज हवा चलने वाला कोई महाद्वीप है तो वह अंटार्कटिका ही है यहां सालाना औसत तापमान -50 सेल्सियस होता है ये जगह इंसानों के रहने के लिए कतई मुनासिब नहीं है सिर्फ रिसर्च के लिए वैज्ञानिक यहाँ बने खास स्टेशनों में रहते हैं अंटार्कटिका में इंपेर पिग पिगविन का राज चलता है पृथ्वी पर जितनी भी ताज़ा पानी मौजूद है उसमें से अस्सी फीसदी अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में मौजूद है अगर ये बर्फ़ सारी बर्फ़ एक साथ पिघल जाए तो 60 मीटर समुद्र स्तर का जल बढ़ सकता है इसी तरह ग्रीनलैंड की सारी बर्फ़ पिघल पिघल जाती है तो 6 मीटर जल स्तर बढ़ सकता है ये हुआ तो दुनिया के बड़े हिस्से में प्रलय आ सकती है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा के इस ग्राफिक में देखा जा सकता है कि 25 सालों में अंटार्कटिका के आसपास बर्फ में जमने और पिघलने के उनके आकार और कैसे परिवर्तन होता रहा है जह जब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर शहर तरफ चिंता है तो बर्फ़ की पूरी तरह ढका हुआ इस दुनिया को इन हिस्सों को सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है वहाँ का तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी और उसका पिघलने का मतलब ही है तापमान बढ़ना उसका सबसे ज़्यादा असर हमारी दुनिया पर ही पड़ेगा अमेरिका के नेशनल आईई ई इसरो डाटा सेंटर का कहना है कि अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन का ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता लेकिन कुछ हिस्से ऐसे ज़रूर हैं जहां इसका प्रभाव दिखाई देता है जहां इसका प्रभाव दिखाई देता है जहां तापमान बढ़ रहा है जैसे मैं उत्तरी हिस्से में अंटार्कटिका के तापमान में उन्नीस सौ पंचानवे मुकाबले ढाई सेल्सियस की वृद्धि हुई है इसी तरह पश्चिम हिस्से में समुद्र के गर्म पानी की वजह से बर्फ़ की चादर प्रभावित होती रही है कुछ मिलाकर वैज्ञानिक कहते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघलने के कुछ कुछ संकेत तो मिलते हैं लेकिन इसकी रफ्तार वैसी ही वैसी नहीं है जैसे ग्रीनलैंड में देखाने को मिलती है लेकिन चिंता लगातार बनी हुई है धरती के जलवायु में आ रहे बदलावों को देखते हुए अंटार्कटिका पर रिसर्च बहुत जरूरी हो जा, जाता है लगभग सौ साल पहले यहाँ रिसर्च करने के लिए दुनिया, के दुनिया भर के देशों में होड़ शुरू हुई यहाँ पर लगभग अस्सी रिसर्च सेंटर हैं जिनमें भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक रहते हैं और काम करते हैं वैज्ञानिक बर्फ़ की मोटी चादर से ढके भूभाग को भूभाग के रहस्यों को पता लगाने की कोशिश करते हैं और उसमें जुटे हुए हैं इंसानी हस्तक्षेप से बहुत दूर यहाँ अंटार्कटिका में खास प्रयोगशाला में पृथ्वी के इतिहास को खंगोला खंगोल कर निकाला जा रहा है जो सम्भवतः अंतुलजी बर्फ में छुपी हुई है सतह के नीचे गहराइम से बर्फ़ के नमूने लेने के अलावा वैज्ञानिक यहां से भी डाटा जमा करते हैं वैज्ञानिक यहां आसमान से भी डाटा इकट्ठा करते हैं वे बैलून छोड़कर डाटा इकट्ठा करते हैं क्योंकि यहां का इकोसिस्टम बहुत संवेदनशील है इसलिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का यहाँ सटीक जायजा लिया जा सकता है ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय सर्वे ने फरवरी 2021 में बताया कि उसके रिसर्च स्टेशन के पास एक फिसाल हिमखंड अंटार्कटिका के बर्फ से टूटकर अलग हो गया इसका आकार 1270 वर्ग किलोमीटर है यानी क्षेत्रफल में दिल्ली से थोड़ा ही छोटा होगा अंटार्कटिका से हिमखंडों के टूटकर गिरने गिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन तेज हो सकती है इसी इसीलिए अंतरराष्ट्रीय रिसर्च स्टेशन एंड अंतर अंटार्टिका पर रिसर्च करना चाहिए और उसको समझने और उसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है इस महाद्वीप के लिए भी इस दुनिया के लिए भी अगर हमारी धरती के तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है ग्रीन लैंड और अंटार्कटिका में बर्फ ही ना रहे बर्फ की चादर गायब ही हो जाए इसीलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने की रोकना बहुत ही ज़रूरी है और दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए